फ्रेंड मैं सचिन मेरे चैनल में आपका बहुत स्वागत है फ्रेंड आधार कार्ड में एक नई अपडेट आई है फ्रेंड उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप से आधार कार्ड में नेम को अपडेट नहीं कर सकते डीओबी अपडेट नहीं कर सकते उसके लिए आपको आधार सेंटर जाना पड़ेगा फ्रेंड आप आधार कार्ड में एड्रेस को अपने आप से अपडेट कर सकते हैं तो फ्रेंड चलिए देखते है यहाँ फ्रेंड सबसे पहले आपको लॉग पे क्लिक करना है यहाँ आपको अपना आधार नंबर देना है नीचे कैप्चा जैसा है ऐसा ही देना है फिर ओटीपी देना है और लॉगिन करना है यहाँ फ्रेंड आप देख पा रहे हैं एड्रेस अपडेट का ऑप्शन आ रहा है यहाँ फ्रेंड पहले आधार अपडेट का ऑप्शन आता था, था लेकिन अभी एड्रेस अपडेट का ऑप्शन आ रहा है फ्रेंड इस पर आप क्लिक करेंगे अभी फ्रेंड यहाँ आप देख रहे हैं अपडेट आधार ऑनलाइन का ऑप्शन आ रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे यहाँ ये सब आ रहा है ये पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं फिर प्रोसीड टू अपडेट आधार पे क्लिक करेंगे यहाँ फ्रेंड अभी आप देख पा रहे होंगे नेम डी ओ ऑफ जेंडर फ्रेंड नेम भी वन लेफ्ट है डी और जेंडर ये फ्रेंड डिसेबल मोड में आ रहे हैं अब आप ये यहाँ से अपडेट नहीं कर सकते इसके लिए आपको सी सेंटर ही जाना पड़ेगा फ्रेंड एड्रेस आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं तो फ्रेंड यही आधार कार्ड का न्यू अपडेट आया हुआ है